मुझे मेरा करियर खत्म हो तो मैं कहीं ना कहीं पर ऐसी कोई चीज छोड़ के जाऊं अरे यार यू नो दी एफ एक्ट और स्पेशल इफेक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी वो एक एक्टर हुआ करता था यार शाहरुख शाहरुख ऐसा बोल भुल बोले नाम जीता तो उसने क्या यार, वो ना अपना आर्यन उसका बाप तो uh, उसके उस, उस, उस, उसने कुछ ये चीज लाया था इंडिया में पहली बार अब नहीं यार आई आई टू लीव समथिंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री विच इज बियॉन्ड फिल्म विच टेक्स आ फिल्म वर्ल्ड वाइड मेरे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी है दैट वाज वन रीजन आई मेड रावल, वी शुड गेट इनटू दिस लार्जर देन लाइफ सिनेमा, अदरवाइज हमारी जवान पीढ़ी जो है वो हमारी फिल्में देखना छोड़ देगी क्योंकि इतना एक्सेस है हमारे को अब इंटरनेशनल फिल्म्स yes. का कि वो कहेंगे यार ये नहीं तो देखनी है हमको तो वो देखनी है आई थिंक यू शुड सी फिल्म आर सुपर हीरो ग्रेट माइथोलॉजी यू आर सच स्टोरीज टू टेल मैंने बहुत सड़ी की है हिंदुइज्म की जो माइथोलॉजी है दुनिया भर में फैली है Uh, चैरिट्स पे भगवान आते थे नीचे उतरे उनके पास गदा था हर हमारे uh, भगवान के पास एक uh, वेपन है चक्र हैक्र uh, बुमराइंग हमारे पास गदा है यू नो द में स्ट्रॉगेस्टिपित होती है वीव गॉट ऑल वेपन एंड डीज आर फेंटेस्टिक स्टोरीज टू मुझे अगर चांस मिले सर रावण के बाद तो मैं तो महाभारत को एक्सलैन जैसा बनाऊँ हालांकि मुझे माना में बहुत लोग बुरा मान जाएंगे गुस्सा भी होंगे बैन भी कर देंगे बट आई थिंक इफ वी कैन टेल द यंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो बच्चे हैं मेरे जो बच्चे हैं लोगों के बच्चे हैं अगर आज वो रामायण उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह हम लोग पढ़ते थे या हम कुरान पढ़ते थे तो उनको एक नई तरीके से पढ़ाई की जाए वही सीखो वही अच्छाई हो लेकिन एक इंटरेस्टिंग